आज हम आपको बताएंगे कि पे के माध्यम से आप अपने घर का बिजली का बिल किस प्रकार से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं तो उसका पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है जब आप पेटीएम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें तो आप देख सकते हैं मेरे उसमें ऑलरेडी डाउनलोड है तो ओपन लिखा हुआ तो मैं इसको ओपन कर लूँगा और आपको डाउनलोड करने के बाद इसमें आईडी बनानी पड़ेगी और केवाईसी भी कराना पड़ेगा केवाईसी के बाद फिर आप ये ओपन पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये आपकी आईडी खुल जाएगी जब आप केवाईसी वगैरह करा के और या पे से आप पेमेंट करते रहे होंगे तो आपकी बनी होगी ऑलरेडी तो इस पर आपको यहाँ पर नीचे आना या आप देख सकते हैं रिचार्ज एंड बिल पेमेंट यहाँ पर आने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद इस तरीके का नोटिफिकेशन आएगा तो उसको आप ओके okay कर दीजिएगा और आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक सिटी बोर्ड इस पर आपको सेलेक्ट करना है स्टेट सेलेक्ट स्टेट इस स्टेट पे क्लिक करना है आप जिस भी प्रांत के हों वो प्रांत आपको यहाँ पे चुन लेना है चुनने के बाद आप अपने प्रांत के हिसाब से जो भी आपका पावर हाउस लगता हो वह आपको यहाँ पर चुन लेना है तो चलिए हम चुन लेते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं प्रीपेड मीटर रिचार्ज है या रूरल है अरबन है तो आप इसी हिसाब से चुन सकते हैं तो हमारा अरबन शहरी क्षेत्र का है तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपनी मीटर की अकाउंट आईडी डालना है तो ये अकाउंट आईडी चलिए हम डाल देते हैं आप अपने बिजली के बिल में देख सकते हैं जो री मीटर रीडर आकर के निकालता है उसमें अकाउंट आईडी होती है तो वो आप आईडी डी यहाँ पर डाल सकते हैं दस अंकों की आईडी होती है तो इसको आप डाल दीजिए तो चलिए हम डाल देते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों अकाउंट आईडी डालने के बाद ये आप देख सकते हैं निक नेम आप चाहें तो इसको हमेशा के लिए भी सेव करने के लिए क्योंकि अगर आप कंटिन्यू पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे निक नेम किसी भी नाम से आप डाल सकते हैं वो या अगर आप नहीं सेव करना चाहते नाम तो ऑप्शनल है कोई ज़रूरत नहीं है तो आप ये प्रोसीड कर दीजिए जो प्रोसीड दिख रहा है तो इस क्लिक कर दें क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बिल सो कर जाएगा बिल सो करने के बाद आप बिल की इसमें डिटेल देख सकते हैं जो भी डिटेल है ड्यू डेट है ते मई तेरह 2022 बिल डेट थी छः 2022 कंज्यूमर नेम और बिल नेम आप यहां पे सब देख सकते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं प्रोसेड टू पे इस पे आपको क्लिक कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आ जाएगा पे एंड सेटअप ऑटोमेटिक तो आप ऑटोमेटिक भी अगर लगाना चाहें तो ये अपने आप ही हर मंथली के मंथली जैसे ही बिल निकलेगा पेमेंट हो जाएगा करेगा वो अगर आप प्रोसीड टू पे लगाते हैं यूजिंग यू पी आई वैलेट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड तो आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं पे इस पे पर क्लिक कर दें इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको आपके पेमेंट गेट पर ये रिडायरेक्ट कर देगा उसके बाद आप देख सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या आपका जो भी बैंक लगा हो उस बैंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है या अगर आप पे के माध्यम से डायरेक्टली पेमेंट करना चाहें तो डायरेक्ट भी लगा हुआ है आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो चलिए हम दोस्तों डायरेक्ट कर देते हैं वो आप चाहें तो यू पी या नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड जिससे आप चाहें आप कर सकते हैं यू पी आई भी कर सकते हैं तो चलिए हमारा लगा हुआ ऑलरेडी पे के ही मैं अकाउंट से पेमेंट कर दूँगा तो पे नाउ पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको कोड डालना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड डालने के बाद बिल पेमेंट स्टेटस हो चुका है और आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग बिल सक्सेसफुल तो ये देखिए दोस्तों पेमेंट हो चुका है पेमेंट हो चुका है मैसेज वगैरह भी आ चुके हैं ये आप देख सकते हैं अकाउंट से भी बैलेंस कर चुका है बिल पेमेंट सक्सेसफुल और आप यहाँ पर वाइफ डिटेल सेटअप या पे अनादर बिल शेयर आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और स्प्लिट पेमेंट जैसा आप चाहें आप इसमें कर सकते तो हम फाइव डिटेल पे यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं जब आप फाइव डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पूरा बिल पेमेंट मोड ट्रांजैक्शन आईडी सब आपको यहाँ पे शो कर जाएगी और ये डाउनलोड इन्वाइस तो इस डाउनलोड इनवाइस पर आपको क्लिक करना है तो एक पी पर्ची जनरेट हो जाएगी तो उस पी को यहाँ पर आप देख लीजिए डाउनलोड हो गई उसको आप डाउनलोड करने के बाद इनवाइस पर्ची को ओपन करके देख सकते हैं तो ये देखिए दोस्तों आपने जो बिल पेमेंट किया है वो पेमेंट हो चुका है और ये पर्ची जनरेट होकर के आ गई है तो इस पर सारी डिटेल लिखी हुई है कितना पेमेंट था कन्वेंशन फीस टोटल अमाउंट आपका जो भी ये आ गई और ये पर्ची पूरी तरीके से हर जगह मान्य है तो आप इसको किसी को भी अगर आपके यहाँ बिजली का कोई भी कर्मचारी चेक करने आता है तो आप उसको दिखा भी सकते हैं उसी तरीके जिस तरीके ऑफिस पर पर्ची होती है सेम ये पर्ची भी उसी तरीके माने हैं तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप लोगों से मैं यही कहता हूँ मेरे टेक्वेरी चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों धन्यवाद